नमस्कार स्वागत अभिनंदन सिंह राशि के जातकों नवंबर का यह माह आप सभी लोगों के लिए क्या कुछ खास लेकर के आया है इसी पर आज हम चर्चा करेंगे साथ ही साथ सिंह राशि के जातकों इस माह में आपके लिए सबसे ज़्यादा लकी डेज कौन कौन से रहेंगे प्रतिकूल दिवस कौन कौन से रहेंगे और इस माह को प्रभावी बनाने के लिए दिव्यतम से दिव्यतम प्रयोग कौन कौन से हैं इस पर आज हम बात करेंगे बने रहिएगा अंत तक दर्शकों हमारे साथ आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी दर्शक लोगों से अपील है कि हमारे इस ज्योतिष के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बना नोटिफिकेशन बेल का जो बटन होता है घंटी जो होती है इसको आप लोग ज़रूर दबाइए सिंह राशि के जातकों आप लोगों के लिए वार्षिक राशिफल 2020 भी हमारे चैनल पर पड़ गया है गुरु का राशि परिवर्तन हुआ है मेजर ट्रांजिट हुआ है जुपीटर का एक वर्ष का लगभग ये ट्रांजिट है तो आप लोग पर्सनली हमने सिंह राशि के जातकों के लिए ये एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है आप लोग हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं शास्त्र के, है है। तो के, के, आधार है। के हिसाब से ही हम ये सभी कार्यो को करते हैं शास्त्रों में लिखा गया है की दे ग्रामे ग्रह युद्ध सेवाया के नाम राशि प्रधानम जन्म राशि न चिंतित विवाहे सर्व मांगल्य यात्राया जन्म राशि राशि राशि राशि तो नाम नाम चिंता चिंता है है तो हमारा शास्त्र भी भी यही कहता है कि जन्म की की प्रधानता देनी चाहिए चाहिए नहीं करनी चाहिए। दर्शकों 16 17 नवंबर को मुंबई आगमन हो रहा है और 23 24 नवंबर को दिल्ली में रहेंगे तो इच्छुक दर्शक जो कोई भी मुंबई से है या दिल्ली से है आप लोग अपनी कुंडली का मिलकर पर्सनली हमसे विश्लेषण करवा सकते हैं और दर्शकों बताना चाहेंगे ये आपके ऊपर सटीक बैठे ऐसी कोई गारंटी नहीं 30 से 40 परसेंट ही आपके ऊपर ये सटीक बैठेगा वास्तविक स्थिति क्या है ये आपकी जन्म कुंडली देखकर ही पता चलेगा आपके जन्म कुंडली में नक्षत्रों को देखकर ही पता चलेगा आपके सब डिविजनल चार्टों को देखकर ही पता चलेगा आपकी कुंडली की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा सूक्ष्म दशा, दशा, दशा देख ही पता चलेगा योगनी दशा क्या चल रही है इसके अलावा दर्शकों चलित कुंडली भी देखी जाती है अष्टक वर्ग सारिणी होती है तमाम चीजें देखिए दर्शकों सा अष्टक वर्ग होता है कितने नंबर आपको मिलते हैं कितने पॉइंट किस ग्रह है कौन सा ग्रह है आपका जो है बलवान है कौन सा ग्रह है आपका जो है इस समय अच्छा फल नहीं दे रहा है दुर्बल अवस्था में है तो ज्योतिष को एक पैरामीटर पर पे आप देख करके नहीं बता सकते हैं लेकिन फिर भी दर्शकों ये राशिफल जो हमने बनाया हुआ है ये आपके ऊपर एकोरेसी में सटीक बैठेगा तो दर्शकों आप लोग देखिए इस माह के प्रमुख व्रत एवं त्यौहार कौन कौन से हैं इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं तो देखिए दो तारीख शनिवार दिन रहेगा छठ पूजा रहेगी तीन तारीख को रविवार दिन रहेगा और भानु सप्तमी रहेगा चार तारीख सोमवार दिन रहेगा गोपाष्टमी रहेगा पाँच तारीख को मंगलवार दिन रहेगा और अक्षय नवमी की पूजा होगी वही आठ तारीख को शुक्रवार दिन रहेगा देवोत्थान नामक एकादशी का व्रत रहेगा 9 तारीख शनिवार दिन रहेगा तुलसी विवाह रहेगा प्रदोष व्रत रहेगा और शनि त्रयोदशी है क्योंकि 9 तारीख को त्रयोदशी तिथि रहेगी और शनिवार दिन रहेगा तो शनि त्रयोदशी रहेगा 10 तारीख रविवार दिन रहेगा बैकुंठ चतुर्थ जो है दशी रहेगी 12 तारीख को मंगलवार दिन रहेगा देव दिवाली भी कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं पुष्कर स्नान ब्रह्मा जी का जो राजस्थान में पुष्कर में मंदिर है पूर्णिमा का उपवास भी रहेगा और गुरुनानक देव जी की जयंती भी रहेगी वही दर्शकों 17 तारीख रविवार जी हां सन का ट्रांजिट होगा और इसको बोलते हैं वृश्चिक संक्रांति क्योंकि जो नीच के सूर्य हैं ये 17 तारीख को रविवार दिन रहेगा वृश्चिक राशि में ट्रांजिट करेंगे वही 19 तारीख मंगलवार दिन रहेगा और काल भरो भैरव जयंती रहेगी तेईस बाईस तारीख को शुक्रवार दिन रहेगा उत्पन्ना नामक एकादशी का, का व्रत रहेगा और दर्शकों चौबीस तारीख रविवार दिन रहेगा प्रदोष व्रत रहेगा 26 तारीख मंगलवार दिन रहेगा दर्श अमावस्या रहेगी और 30 तारीख को शनिवार दिन रहेगा विनायक चतुर्थी रहेगा दर्शकों आप लोग अपनी स्क्रीन पर एक चार्ट देख सकते हैं यहाँ पर सूर्य देव तुला राशि में बैठे हुए हैं लेकिन 17 से लेकर के 30 नवंबर तक फिर जो है वृश्चिक राशि में आएंगे वृश्चिक संक्रांति रहेगी 13 नवंबर को मंगल तुला राशि में प्रवेश करेंगे, करेंगे गुरु देव गुरु बृहस्पति का ट्रांसिट हो चुका है देव गुरु बृहस्पति स्व राशि धनु राशि में संचरण कर रहे हैं केतु और शनि के साथ तथा दर्शकों शुक्र इक्कीस तारीख को धनु राशि में प्रवेश करेंगे राहु देव मिथुन राशि में हैं तो इन्हीं सब स्थितियों को जो है मानक मान करके दर्शकों राशिफल बनाया गया है चंद्रमा को यहाँ पर मानक मान करके हर राशि में जो है ढाई दिन चंद्रमा चुकी रहते हैं तो हर एक राशि को मानक मान करके ये राशिफल हमने तैयार किया हुआ है तो दर्शकों सिंह राशि के जातकों के लिए यह माह कैसा रहेगा इस माह में क्या क्या चीजें घटित होंगी तो देखिए सबसे पहले चीज यदि हम बात करें आपके नौकरी और कार्य की तो नौकरी व पद प्रतिष्ठा में आपको वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है शुक्रदेव फोर्थ हाउस में बैठ करके अपनी स्व को देख रहे हैं आपकी कुंडली में कर्म के क्षेत्र को शुक्र का देखना काफ़ी कुछ आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा इसके साथ साथ उच्च अधिकारियों के आपके संबंध भी यहां पर मधुर होते हुए सिंह राशि के जातकों को दिखाई पड़ रहे हैं जो कि नीच का सूर्य अभी तक आपको परेशान किया था तो ये नवंबर माह में आपको इसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे इसके साथ साथ दर्शकों बताना चाहेंगे कि कोई नया आप रोजगार शुरू कर सकते हैं और कोई नया जो है आपको जो है टेंडर वगैरह मिल सकता है दर्शकों सिंह राशि के जातकों कार्य योजनाओं के प्रति विचार विमर्श बड़ों से कर लीजिएगा जो आपसे तजुर्बे में ज्यादा होंगे सकारात्मक विचारों से आपका मन स्वस्थ रहेगा भौतिक वस्तुओं पर आपका जो है पैसा अत्यधिक खर्चा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आपको नए अनुबंध करने के लिए ये जो समय रहेगा नवम्बर माह का उपयुक्त रहेगा भूमि व मकान पर से आपको लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है सिंह राशि के जो जातक रहेंगे थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा यदि आप किसी को धन देने जा रहे हैं पैसा आएगा अननोन सोर्सेस से भी आपके पास धन आएगा एकादश स्थान में देव देखिए उच्च के यहाँ पर हो गए हैं तो धन तो आपको खूब मिलेगा अच्छा मिलेगा भाइयों के सहयोग से भी आपको आर्थिक मजबूती मिलेगी और धनागमन के नए नए स्रोत खुलेंगे लेकिन दर्शकों ये जो पैसा रहेगा ये अधिक समय तक आपके पास टिकेगा नहीं ये पैसा जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है पराक्रम के घर में नीच के सूर्य ये साफ साफ इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके ऊपर कोई एलिगेशन कोई आरोप लग सकता है भाई बहनों से आप लोगों का अकारण ही बात विवाद हो सकता है यदि आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो आपको कुछ तकलीफ महसूस होगी आपका शुगर का लेवल बढ़ा हुआ होगा इसके साथ साथ दर्शकों बताना चाहेंगे जो तृतीय स्थान होता है ये आपके स्वास्थ्य संबंधित रोगों का भी होता है तो स्वास्थ्य से संबंधित सिंह राशि के जातकों को कोई परेशानी आएगी दर्शकों गुप्त शत्रु आपके समक्ष उभर करके आएंगे लेकिन 17 तारीख के बाद से अपने आप स्वतः खत्म हो जाएंगे पंचम स्थान देव गुरु बृहस्पति अपने घर में आ गए हैं इनकी घर वापसी हो चुकी है लेकिन शनि और केतु के साथ बैठे हुए हैं तो इट मीन की संतान को कुछ कष्ट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है मौसम क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो आपकी संतान को जो है मौसम संबंधी कोई बीमारी भी हो सकती है प्रेम संबंधों में जो जो आपके नहीं करना देखिए जो पंचम स्थान होता है ये मांगलिक कार्यो का भी होता है तो आपके घर में कोई मांगलिक कार्य इत्यादि भी हो सकता है पंचम स्थान पर बैठा जुपीटर अपनी पंचम दृष्टि से भाग्य के घर को देख रहा है तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी आपको भाग्य का साथ मिलेगा कार्यों में सफलता मिलेगी नए प्रेम संबंध आपको स्थापित होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं वहीं आर्थिक लाभ अच्छा मिलेगा क्योंकि जो जुपिटर है इसकी दृष्टि धन के घर पर भी है सुख वैभव तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी आपके स्वभाव में जिद आएगा ईगो आएगी अहम आएगी दाम्पत्य जीवन में भी आपके देखिए सुख रहेगा शनिदेव तीसरी दृष्टि से अपने घर को देख रहे हैं तो दांपत्य जीवन में आपके जो है सुख रहेगा जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा शरीर तथा आपका मन बड़ा प्रसन्न रहेगा शासक वर्ग से आपको लाभ होता हुआ दिखाई पड़ेगा अगर अभी तक संतान सुख से आप लोग वंचित थे तो यहाँ पर संतान सुख भी आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है वहीं दर्शकों बताना चाहेंगे कि सात से इक्कीस तारीख के बीच में आपके विरोधियों से आप लोग त्रस्त हो सकते हैं आपकी पारिवारिक कलह बढ़ेगी सुख शांति का अभाव रहेगा परिश्रम तथा साहस में कुछ कमी आती हुई दिखाई पड़ रही आय के साधन कम होंगे लेकिन आपके खर्चे बहुत अधिक रहेंगे आप किसी गलत हरकत में पड़ सकते हैं व्यवसनों से जो है आपका बहुत ज्यादा लगाव होगा किसी विपरीत जेंडर की तरफ आप आकर्षित होंगे यात्राओं में आपको सुविधा होती हुई दिखाई पड़ रही भू सम्पत्ति के मामलों में बाधाएं आएंगी सहयोगियों के कारण अवरोध बनेंगे आपके अपने आप के शत्रु बन जाएंगे लेकिन बाईस नवंबर से लेकर के मास के अंत तक का जो गोचर रहेगा ये संतान तथा परिवार सुख देगा याद रखिएगा दर्शकों चंद्रमा जब जब शनि के साथ आएंगे चंद्रमा जब जब राहु के साथ एकादश स्थान में आएंगे यहाँ पर ग्रह दोष लग जाएगा यहाँ पर विश्कुंभ दोष लगेगा तो दर्शकों ये चीजें जैसे मान लीजिए एकादश स्थान पर चंद्रमा राहु का गोचर हुआ तो यहाँ धन संबंधी आपको प्रॉब्लम आएगी आपका पैसा आपको लगेगा कि अरे हमारा ये जो है पैसा क्लियर होने वाला है लेकिन अचानक से अंतिम समय पर वो पैसा आपको नहीं मिलेगा कहते हैं ना हाथ काया मुह ना लगा तो ही वाला हाल होगा लेकिन दर्शकों अधिकार क्षेत्र में वृद्धि होगी सूर्य का परिवर्तन जो राशि परिवर्तन रहेगा और शुक्र का गोचर होगा ये आपके लिए बड़ा अच्छा होगा विभिन्न स्रोतों से आय के कारण आर्थिक स्थिति पुनः आपकी मजबूत होगी आपके विरोधी परास्त होते हुए 17 तारीख के बाद से नजर आएंगे मान सम्मान तथा प्रतिष्ठा का लाभ मिलेगा राजसी भोग विलास की जो है प्राप्ति होती हुई दिखाई पड़ रही है प्रेमी युगलों में प्रगाड़ता बढ़ेगी यदि कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे छात्र ये सफल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और अगर कोई इंटरनल एग्जाम है डिपार्टमेंटल एग्जाम है इसमें आप लोगों को सिंह राशि के जात को सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ रही है दर्शकों माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी आपको सावधानी बरतने के यहाँ पर सितारे सलाह दे रहे हैं इसके साथ साथ दर्शकों आपको जो है कोई नए मित्र चीट कर सकते हैं इसका आपको ध्यान देना पड़ेगा देखिए मित्रों का जो स्थान होता है ये एकादश स्थान भी मित्रों का होता है जो तीसरा स्थान होता है ये पड़ोसियों का होता है तो अपने पड़ोसियों से अपने मित्रों से इस माह सावधान रहने की आपको सितारे सलाह दे रहे हैं तो ये तो था दर्शकों नवंबर माह का सिंह राशि का राशिफल इस माह के लिए जो आपके अनुकूल दिवस रहेंगे ये कौन कौन से रहेंगे तो देखिए साहब आप लोगों के लिए एक तारीख चार तारीख पाँच तारीख सात तारीख आठ तारीख उसके बाद तेरह तारीख चौदह तारीख पंद्रह तारीख 18 तारीख 21 तारीख फिर आपको 27 तारीख 29 तारीख ये सबसे ज़्यादा जो है अनुकूल रहेंगे आपके लिए लकी डेज रहेंगे लेकिन प्रतिकूल दिवस की यदि हम बात करें तो 3 तारीख 10 तारीख 16, 17, 16 की शाम से और 17 पूरा रहेगा उन्नीस तारीख 22 तारीख 24 तारीख 26 तारीख 28 तारीख तीस तारीख ये जो डेट्स हैं इनको आप लोग रिमाइंडर कैलेंडर पर कहीं नोट कर लीजिए ये आपके लिए अच्छी नहीं बीतेगी तो दर्शकों अब अंतिम पड़ाव की ओर चलते हैं अपने कार्यक्रम को लेकर के उपाय क्या करना है सब लोग पूछते हैं पंडित जी आपने ये सब तो बता दिया लेकिन उपाय क्या करना है देखिए दर्शकों सीधी सी बात सटरडे वाले दिन कोशिश कीजिएगा जो यहाँ पर केतु शनि बैठे हुए हैं पंचम घर में जो आपके संतान को यहाँ पर प्रभावित करेंगे जो आपके लव रिलेशन में सक की उम्मीद लगाएंगे सबसे पहले आप इनका इलाज करिए और जो पंचम स्थान होता है मांगलिक कार्यों का होता है ये आपकी उपलब्धियों का होता है ये आपकी बुद्धि का होता है आपके विवेक का होता है तो जब आपकी बुद्धि अच्छी रहेगी विवेक अच्छा रहेगा तब सब कुछ ठीक रहेगा पंचम स्थान से रिलेटेड उपाय शनिवार वाले दिन दशरथ के शनि का पाठ करिए और भैरव मंदिर में जाकर के दूध व चावल का दान आपको करना रहेगा शनिवार वाले दिन ही गाय को आपको हरा चारा खिलाना रहेगा और काला नमक डाल करके खिलाना रहेगा शनिवार को ही आपको सुंदरकांड का पाठ करना रहेगा किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई का खर्च कोशिश कीजिए ये जो तो जुपिटर का ट्रांजिट आपके लिए भाग्य पंचम स्थान में ले करके आया है तो इसका आप लोग फल उठाइए और किसी गरीब बच्चे की ट्यूशन की फीस हो गई स्कूल की फीस हो गई कॉपी किताब इत्यादि की जो स्टेशनरी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं इनके खर्च का वाहन आप खुद करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा बहुत ज़्यादा यदि आप परेशान हो जाएं तो कोशिश कीजिएगा आंख बंद करिएगा लंबी लंबी सांसें लीजिएगा और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाए भगवान विष्णु के इन मंत्रों का जाप करिएगा और चमत्कारिक रूप से आप हर एक मुसीबतों से बाहर आएंगे दर्शकों पुनः आप लोगों को बताना चाहेंगे 16-17 नवंबर को मुंबई आगमन हो रहा है आसपास के क्षेत्र से यदि हैं मुंबई के तो आप लोग आकर के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं तेईस और चौबीस तारीख को दिल्ली आगमन हो रहा है इच्छुक दर्शक जो कोई भी दिल्ली से हैं, आप लोग मिल सकते हैं तो दर्शकों कैसा लगा हमारा ये राशिफल कमेंट के माध्यम से बताइए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बगल बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को अपने WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter पर जमकर शेयर कीजिए दीजिए इजाजत मिलते अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार